ध्यान स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे कुछ लड़कियां होंगे सामने बैठी थी बड़ा मजाक उड़ा रही थी अमेरिका का समाज एटीन का उभरता हुआ तो वहां की लड़कियों के लिए सन्यासी मतलब भिखारी स्वामी जी जब वेस्ट गए तो वहां हर औरत को मां कहते थे तो औरतें नाराज हो जाती थी उनके ऊपर तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था कि यार इतना सम्मान में दे रहा हूं और ये मेरे ऊपर नाराज होती हैं तो फिर उन्हें पता चला कि यार मां कहने से उन्हें बुढ़े होने का एहसास होता है नजरिया हमारे देश में मां कहना सम्मान है नजरिया तो कुछ लड़कियां बैठी थी उनके साथ ट्रेन में तो उन लोगों ने प्लान किया कि स्वामी को परेशान किया जाए तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि अपनी घड़ी दे दो नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे और बोलेंगे कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान से सुनना, का धान देना धान पे? धान का फायदा, फायदा। देना पे, तो लड़कियों ने प्लान बनाया लड़कियों ने कहा कि अपनी घड़ी दे दो नहीं तुम तो पुलिस वाले को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे स्वामी जी ने बहरा होने का नाटक किया गूंगा और बहरा लगा यार ये तो गंगा रहा है तो लड़कियों से उन्होंने कहा लिख के क्यों कि जो कह रही हो लिख के दो बालक बुद्धि और भारत का जागृत दिमाग हमसे मत टकराना हम ध्यानी हैं पढ़ने से आदमी क्लर्क बना है बाबू बना है चाहे बड़ा क्लर्क हो चाहे छोटा क्लर्क हो क्लर्क तो क्लर्क है लेकिन ध्यान ने आदमी को भगवान बनाया है यह इस देश की महानता है यह इस देश की उपलब्धि है यह इस देश का गौरव है स्वामी जी ने उन लड़कियों से कहा गया आ, आ, आ, आ। तो गया रही तो कूंगा मेरा तो लिख के दिया कि तुम हमें अपनी घड़ी दे दो नहीं तो हम पुलिस को बुलाकर तुमको फंसा देंगे लिख के दिया उन्होंने जेब में रख लिया बोले अब तुम सब अपनी अपनी घड़ी दे दो नहीं तो तुम्हारा क्या होगा यह तो भगवान ही जाने ये है ध्यान की शक्ति तुमको न्यूटन का नियम स्कूल में पता चलेगा और बिना समझे कि उसको लगाना कहा न्यूटन का नियम लेके घूमोगे बाजार में भैया हमको न्यूटन का नियम पता है तो क्या नियम जानना जरूरी नहीं है नियम को लगाना कहां है अ बॉडी एटरेस्ट विल बी एटरेस्ट अल बी इन मोशन एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अपलाइड अब लिए घूमो और तुम किसी ऑफिस के बाबू के पास फाइल लेके खड़े हो और तुम्हारी फाइल देख नहीं रहा है और दसवीं बार तुम गए हो और तुम्हें एक बैग न्यूटन का नियम याद आ गया अ बॉडी एटरेस्ट विल बी एटरेस्ट और तुमने 2000 की दो नोट रख दी उसके सामने Until एंटील एंड अनल फोर्स इज उसने तुरंत फाइल खोल दी नियम जानना जरूरी नहीं है नियम लगाना कहां है यह ध्यान ही बताएगा ध्यान कहता है देखकर सीखना सिर्फ पढ़कर सीखना नहीं देखकर। ध्यान की, ध्यान का गुरु कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है परिस्थिति भी है ये ध्यान की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है ऐसा नहीं ध्यान का कोई पर्टिकुलर गुरु है एक बार काशी में बनारस में वो घूम रहे थे बनारस अपने बंदरों की बदतमीजी के लिए बड़ा विख्यात है तो काशी में किसी रास्ते में जा रहे थे स्वामी विवेकानंद बंदरों ने उनको दौड़ा लिया और दौड़ा लिया और लगे काटने तो जब दौड़ा लिया और काटने लगे स्वामी तो जी एक आदमी सामने से आ रहा था उसने कहा भागो मत लड़ो और पलट गया स्वामी जी पलट गया उठाया पत्थर और बंदर रिट्रीट कर गए तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि ऐसी भयानक समस्याओं से भागने से निजात नहीं मिलेगा घटना गुरु बन गई इसलिए तो इस देश ने ज्ञान के लिए दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया जिसे देख कर ही जाना जा सकता है किताबें तो सिर्फ इशारा करती हैं